नमस्ते वेलकम बैक टू लोग लोग कैसे सब सो so, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ हेयर पैक और हेयर ऑयल जो भी कह सकते हो आप और इसके साथ साथ शैम्पू डी दिखाने वाली हूँ सो फर्स्ट हेयर पैक स्टार्ट करते हैं किस तरीके से करनी है वीडियो फर्स्ट से लास्ट तक देखना सो लेट स्टार आडियो सो फस्ट हेयर पैक है तो इसके लिए हमको ऑनियन चाहिए और इसकी पेस्ट चाहिए मिक्सर ग्राइंडर में डाल के ऑनियन को पेस्ट करनी है और उसके बाद ऑनियन पेस्ट की जूस चाहिए एंड सेकेंड इंग्रेडिएंट ये है कि एलोवेरा जेल आपके पास नेचुरल एलोवेरा है तो वही ले सकते हो मैं एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ बस एक टेबल स्पून डाल रही हूँ सो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ये है कि कैस्टर ऑयल कैस्टर ऑयल डाल रही हूँ बस एक वन टेबल स्पून डाल रही हूँ सो so, इसके बाद लास्ट इन्ग्रीडियंट ये है कि ओनियन जूस ओनियन जूस हमको थ्री टेबल डालनी है जैसा मैं दिखाई हूँ वैसे ही ऑनियन जूस बनानी है और इसके बाद इस ऑनियन जूस को थ्री टेबल लेनी है सो so, इस मिक्सचर को अच्छी तरीके से मिक्स करनी है आपको चाहिए तो मिक्सर ग्राइंडर में भी डाल सकते हो मिक्सर ग्राइंडर में डालने से आपको क्रीमी टेक्सचर आएगा बहुत ही अच्छी टेक्सचर आएगा और मैं जैसा ही ऐसे ही मिक्स करके ऐसे ही लगाने वाली हूँ सो so, ये अप्लाई करने के फर्स्ट आपको आपके हेयर को अच्छे तरीके से कोम करनी है ट्रैंगल्स है तो सब कुछ रिमूव करनी है और इसके बाद इस मिक्सचर को आपके हेयर like पर, लाइक स्कैल्प पर अप्लाई करके मसाज करनी है बस 5 टू 10 मिनट्स अच्छी तरीके से मसाज करनी है सो आपको चाहिए तो इस मास्क को आप कॉटन बॉल से भी अप्लाई कर सकते हो जैसा कि कॉटन बॉल डिप करके टैप टैप करके स्कैल्प पर अप्लाई कर सकते हो तो so इस मास्क को वन आवर ऐसे ही छोड़ देनी है सो नेक्स्ट डी शैम्पू डी सेकेंड मंथ सो ये शैम्पू डी यूज़ करने से आपके स्काव क्लीन होगा और इसके बाद हेयर ग्रोथ ईजीली हो जाएगा हेयर फॉल 100 परसेंट क्यूर होगा और उसके बाद आपके स्काव पर जो भी डट होता है सब कुछ क्लीन होगा सो so, इसको किस तरीके से बनानी है मैं आपको दिखाने वाली हूँ बहुत सिंपल सा है सो so, एक क्लीन बाउल लेनी है और इसमें डाल रही हूँ शैम्पू जैसा आपके फेवरेट शैम्पू आप डाल सकते हो यह मेरी फेवरेट शैम्पू तो मैं यही डाल रही हूँ और इसके बाद में सेकंड इंग्रेडिएंट यह है कि ब्रू यानी कि कॉफ़ी इंस्टेंट कॉफ़ी लेनी है जो भी ब्रू ने पी जो भी आप यूज़ कर रहे हो वो ले सकते हो बस शैम्पू डेवर रेडी सो तो इस दो मिक्सचर को आपको मिक्स करनी है अच्छी तरीके से मिक्स करके आपके स्कैल्थ पर मसाज करनी है जब भी आप शैम्पू कर रहे हो एक बात याद रखना जैसा कि आपके शैम्पू आपके स्कैल्प पर ही अप्लाई करनी है लेंस पर नहीं करनी है जैसा आपको शैम्पू स्कैल्प पर करनी है इस तरीके से आपको आपके हेयर वॉश करनी है इस तरीके से करने से आपके हेयर फॉल कम हो जाएगा सो so, इस तरीके से डी आई वे शैम्पू से वन आवर के बाद शैम्पू करके मैं आपको दिखा रही हूँ जैसा मेरे हेयर तो थोड़ी सी वेट है सो so, हेयर फॉल 100 परसेंट रोक आपके स्कैल्प को इस शैम्पू के डी आई वे में अच्छी तरीके से क्लंस करेगा और इसकी तरफ से आपके हेयर ग्रोथ अच्छे तरीके से होगा सो न्यू हेयर आ जाएगा और हेयर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा आपके स्कैल्प सब कुछ क्लंस हो जाएगा मीन्स क्लीन हो जाएगा जो भी आपके स्कैल पर डट होता है सब कुछ क्लियर हो जाएगा सो so, इस डी आई शैम्पू ने बहुत ही कमाल है जब भी आप शैम्पू करते हो इस तरीके से कर सकते हो बस यही हेयर पैक नहीं है आप जो भी चाहते हो वो डाल सकते हो हेयर फॉल के लिए वीकली वंस हेयर पैक जरूर डालनी है सो so, बहुत ही सिंपल सा हेयर पैक है और शैम्पू डी भी बहुत ही सिंपल है एक बार यूज करके देखना इसको आपको वीकली वन से यूज़ कर सकते हो वीकली ट्वाइस यूज़ कर सकते हो नो प्रॉब्लम नो ईश्यूज़ और वीडियो um, देखने के लिए थैंक यू सो मच इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल लाइक करना ज़रूर शेयर करना थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय बाय